नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल कैथल से बीजेपी के विधायक लीला राम कैथल के अधिकारियों की तानाशाही रवैये से काफी परेशान और दुखी नजर आए जिसको लेकर के आज उन्होंने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा सुनाया लीला राम ने कहा कि कैथल में अधिकारी उनका कहना नहीं मानते और जो भी काम बोलते हैं वह जानबूझ कर नहीं करते इसलिए वे कैथल के अधिकारियों से दुखी हो चुके हैं जिसकी शिकायत वो जल्द ही मुख्यमंत्री को करेंगे केंद्र व राज्य में बीजेपी सरकार होने के बावजूद भी आखिर अधिकारी उनका कहना क्यों नहीं मानते यह ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है लीलाराम का एक आरोप है कि अधिकारी जानबूझकर के उनको व उनके वर्करों को परेशान कर रहे हैं जिनकी जल्द ही कोई शिकायत मुख्यमंत्री को करेंगे वही कुछ महीने पहले कांग्रेस महासचिव व कैथल के पूर्व विधायक रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रोग्राम में मजाकिया लहजे में लीला राम पर व्यंग कसते हुए कहा था कि लीला राम लोगों की क्या समस्या सुनेंगे उनके तो कोई अधिकारी भी फोन नहीं उठाते जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुएल से नवीन मल्होत्रा की खास रिपोर्ट इन पत्रकार पत्रकारों नहीं बढ़े दो तब मैं कौन बढ़ दिया यहां तो एमएलएम को बाहर पाते तो भी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरे तो मानना नहीं मेरा तो फोन नहीं सुनता इस टॉन का डीसी आ गया सही बात कही बात कहू सही बोलो ये ये बेस्ट बोलो तो नहीं सरकार कारी है जब पुणे की की सुन रहे अपने कौन सुनने वाला गरीब किसान और मजदूर सर कैथल के कुछ एमसी समस्याओं को लेकर मिले हैं आपको कह रहे हैं कि अधिकारी उनका कहना नहीं मानते काम नहीं करते पहली बार नहीं एमसी नगरपालिका के पहले भी मिलते रहे हैं और मैंने मीडिया के सामने ये भी कहा कि ये वही टीम है जो मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम उन साथियों ने किया मेरे चुनाव में पूरी तन मन धन से उन्होंने मदद भी की है किंतु ये भी सच्चाई है कि नगर में आजकल मैं खुद भी संतुष्ट नहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा दो चार अधिकारी कर्मचारियों की हमने बदलियां भी करवाई परंतु फिर भी लाइन पर नहीं आए और आज हमने एमसी हम साथियों के माध्यम से यही कहा कि भई या तो लोगों की सेवा करो काम करो शहर में चाहे सफाई की व्यवस्था है चाहे शहर के विकास के लिए दूसरे कार्य है वरना फिर अपना दूसरा रास्ता अपनाओ बाहर चलो तो हम उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस पर हम जल्दी सख्त संज्ञान लेने वाले हैं सर केंद्र में और राज्य राज्य में आपकी सरकार है तो अधिकारियों पर दबदबा क्यों नहीं बीजेपी सरकार क्यों नहीं अधिकारी कहना मानते क्या रीजन है? मैं भी खुद कह रहा हूँ आपके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स अफसरसाही हावी है और वो लोगों की भावनाओं को न समझ करके अपने जो अफसरसाही वाला रवैया होती है उस पर ही अडिग है कायम है और अनेकों बार हमने इसके बारे में बोलिया भी है सीएम साहब को भी कहा है और दोबारा से मुख्यमंत्री से मिलकर के हम इनके बारे में शिकायत भी करेंगे